दुनिया में सबसे महंगे घर की बात करें तो आपको यही लगता होगा ना अम्बानी जी का एंटीलिया है जो कि लगभग तीन बिलियन डॉलर के आस पास है तो कोई कहता है कि नहीं नहीं अम्बानी जी का नहीं रानी का पैलेस वर्किंग होम पैलेस जो है वो 6.3 बिलियन डॉलर का है वो है सबसे महंगा तो आपको बता दो जो सबसे महंगा घर है उसकी कीमत इन दोनों घरों को जोड़ दी जाए तो भी उससे कई गुना ज्यादा है अंबानी जी के घर ऐसी तो वो घर दस गुना ऐसी भी ज्यादा महंगा है मतलब इतना महंगा की इलोन मस्क के पास जो सारा का सारा पैसा है उसमे इलोन मस अपने सारे दोस्त ऐसी पैसे मांग के भी दे तो भी इन मस वो घर खरीद नहीं पाएंगे तो वो कौन सा महंगा घर है जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले अब इतना महंगा घर तो केवल उसी इंसान के पास ही हो सकता है जिसे उस घर की कीमत ही चुकानी न पड़ी हो और इस घर को दुनिया की काफी महंगी जगह आरोप होना भी पड़ेगा और ये सारी की सारी बेहतरीन खुबियाँ पाई जाती है चाइना के राष्ट्रपति के घर में और इनके घर का नाम है जॉब ये घर इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सेफ जगह माना जाता है और इसकी कीमत है फोर्टी बिलियन डॉलर